नीड मोको मोको आकर उसने अटैक कर दिया है ये इतना आसान नहीं है गाइज तैयार हो जाओ We are going into the game code. वो को मुझे मारने आई है और उससे पता नहीं मैं उसका इंतजार कर रहा हूं को तुम्हारे पांच सेकंड खत्म अब टाइम बढ़ गया है इनअ टू फिनिश यू